नमस्कार प्यारे दोस्तों कैसे हो आप सब स्वागत है आपका आपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट विद अमित में तो दोस्तों जो भी भाई इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस चैनल पे आपको दोस्तों सी से रिलेटेड ऑनलाइन फॉरम से रिलेटेड हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जो भी वीएलई एल भाई हैं वो अपनी सी ए सी या डिजिटल सेवा आई डी के वॉलेट में पैसे कैसे ऐड करें क्योंकि दोस्तों वहां पे कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हम जब पैसे ऐड करते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन चार्ज कट जाता है तो जो भी नए वी भाई आए हैं उन्हें ये नहीं पता कि ये ट्रांजेक्शन चार्ज बिना कटे भी आप वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि आप बिना पै ट्रांजेक्शन चार्ज कटे सी वॉलेट में रुपए कैसे ऐड करें चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो पे ये देखिए दोस्तों ये डिजिटल सेवा डॉट सी एस वेबसाइट पे मैं आ गया हूँ दोस्तों ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा यहाँ पे आ दोस्तों अपनी सी आईडी आपको लॉगिन करनी है अगर आपको इस लिंक से नहीं पता चल रहा है तो आप गूगल पे जाके डिजिटल सेवा को सर्च कीजिए और आपको वहाँ सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा डिजिटल सेवा पोर्टल का यहाँ पे क्लिक करके भी आप डिजिटल सेवा पोर्टल की मेन वेबसाइट पे आ सकते हो यहाँ पर दोस्तों चलिए दोस्तों लॉगिन कर लेते हैं आई को यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी सी एस सी आई डी डालनी है यहाँ पे आपने सी एस सी आई डी के जो पासवर्ड लगाए हुए हैं वो ये दोस्तों कैप्चा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिलअप करके और यहाँ पे साइन पे क्लिक कर देना अगर दोस्तों किसी भाई अपने वो डिजिटल सेवा पोर्टल आईडी के पासवर्ड भूल गया है तो वो यहाँ यहाँ आके फॉरगेड पासवर्ड करके अपने फार पासवर्ड को फॉरगेड कर सकता है तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं अपनी आई लॉगिन कर लेता हूँ ये देखिए दोस्तों मेरी आईडी है वो यहाँ पे लॉगिन हो गई है तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करना है वॉलेट की और समरी पे जाके आपको क्लिक करना है ये दोस्तों मेरी आईडी डी लॉग आउट हो गई है मैं एक बार दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ चलिए दोस्तों मैंने दोबारा मेरी लॉगिन आई डी है वो लॉगिन कर लिया है यहाँ वॉलेट पर जाके आपको सुमरी पे क्लिक करना है ये देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको बैलेंस शो कर दिया आपकी वॉलेट में कितने रुपए हैं यहाँ पर अगर आपने कोई ऑपरेटर ऐड कर रखा है तो वो शो कर रहा है चलिए दोस्तों चलते हैं ये दोस्तों यहाँ पे आपको ऑपरेटर के वॉलेट में जो भी पैसा उन्होंने ऐड किया हुआ है वो यहाँ पे शो कर देगा चलिए दोस्तों यहाँ पे ऐड मनी टू योर वॉलेट पे क्लिक करके वॉलेट में पैसे ऐड कर लेते हैं ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं दोस्तों तो पहले आप ये पढ़ लेना सबसे पहले वाला देखना दोस्तों मनी वंस एडिड कैन नाट बी रिफंडेड दोस्तों शी वॉलेट में एक बार आप जितने भी पैसे ऐड कर दोगे वो रिफंड नहीं होंगे और नहीं उनको आप वापस अपने बैंक अकाउंट में भेज सकते हो अगला देखिए दोस्तों द मैक्सीम बैलेंस डेट कैन बी मैंटेड एड एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज आर एस लाख दोस्तों आप शी सी वॉलेट में एक लाख से ज़्यादा जो पैसे हैं वो ऐड नहीं कर सकते हो इसकी जो मैक्सिमम बैलेंस लिमिट है वो एक लाख रुपए दी गई है नीचे देखिए दोस्तों अगर आप अपने वॉलेट पिन ऐड करना चाहते हो तो अकाउंट में जाके चेंज वॉलेट पिन कर सकते हो नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगर आप अपनी ऑल प्रिवियस ट्रांजेक्शन देखना चाहते हो तो पासबुक में जाके वॉलेट लट टैप करके आप अपनी प्रीवियस जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों जो है अगर आप अपने पैसे वॉलेट डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग तीनों ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों अवेलेबल आप किसी भी ऑप्शन से अपने रुपये है वो ऐड कर सकते हो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर दिखाया हुआ है शी एवेन्यू अगर आप शी एवेन्यू से यहाँ पर चार्ज लेते हो तो ज़ीरो पॉइंट नाइन्टी परसेंट है वो पीजी चार्ज आपका कटता है और पे यू मनी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको जीरो पॉइंट सिक्स फोर परसेंट चार्ज यहाँ पे कटेगा चलिए दोस्तों अब मैं आपको पैसे ऐड करके दिखाता हूँ यहाँ पे आपको ऐड मनी टू वॉलेट पे क्लिक करना है ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो नई टैब ओपन हो गई है यहाँ पे आपको कि जितने भी रुपये आपको शी सी में ऐड करने हैं वो यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे जो ये पेमेंट गेटवे का ऑप्शन शो किया हुआ दोस्तों यहाँ पे आपको हमेशा पेयू मनी करना है अगर आप ये सीसी एवेन्यू या स्ट्रेस ये दोनों ऑप्शन चूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा ही लगेगा तो इसलिए दोस्तों आप ध्यान रखना यहाँ पे आपको सिर्फ़ पे यू मनी पे क्लिक करना है तभी आपको कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा और यहाँ पे रिमार्क में आप कुछ भी यहाँ पे दोस्तों मैं सीएससी डाल देता हूँ और यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है ये पेमेंट गेटवे के ऑप्शन आ गए हैं दोस्तों यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या फिर यूपीआई से कर सकते हैं दोस्तों इन तीनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे आप, आप उससे अपनी पेमेंट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मैं अपनी पेमेंट यू से करना करता हूँ तो आपको यू से पेमेंट करना सिखा देता हूँ यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप गूगल पे फ़ोनपे भीम पे पेटीएम पे अमेजन पे कौन सी भी आपको अच्छा लगे आप उसी से अपना वॉलेट में रुपए ऐड कर सकते हो तो मैं यहाँ से फ़ोनपे करके बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ फ़ोनपे की आपको यू पी आई आई यहाँ पर दोस्तों आपको फ़ोनपे की यू पी डालनी है ये देखिए दोस्तों मैंने यू पी डाल दिया है या आप अपने फोन फ़ोनपे के ऐप पर जाके भी अपनी यू पी देख सकते हो और वही आई आपको यहाँ पे डालने और यहाँ पे फिर वेरीफाई पे क्लिक करना अगर दोस्तों आपकी यहाँ पे वेरीफाइड हो जाती है तो आपकी आई जो यू पी है वो सही है और यहाँ पर जाके आपको पुरुष पे क्लिक कर देना <coughs> तो दोस्तों अब यह या, यहाँ पे शो कर दिया ओपन फ़ोन पे मोबाइल है फोर एंड अप्रूव पेमेंट दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन में जो फोन पे की ऐप है वो ओपन करनी है वहाँ पे एक ऑप्शन आया हुआ होगा फ़ोनपे का कर, पे करने का सौ रुपये का तो वहाँ पे आपको पे पे क्लिक करना है और सेंड पे क्लिक करके ये पैसे वहाँ से आप अप्रूव पेमेंट कर सकते हो जैसे दोस्तों आपकी फ़ोनपे ऐप आप से पेमेंट अप्रूव हो जाएगी उसके दो से चार सेकंड के बाद ये देखिए दोस्तों पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों सक्सेसफुल का मैसेज आ गया और ये मेरे सौ रुपये सक्सेसफुली हो गए हैं तो देखिए दोस्तों अगर आप अपने फ़ोनपे की ट्रांजेक्शन भी चेक करोगे तो वहाँ पे से भी आपको सौ अकाउंट से डेबिट हुए मिलेंगे तो दोस्तों अगर आप पे यू मनी का ऑप्शन चूज़ करते हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पे क्लिक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप उसको कमेंट सेशन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बना दी जाएगी तो आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद दोस्तों